दुनिया भर में इतना पॉपुलर क्यों है भारत किन बातों ने पूरे विश्व को किया दीवाना हिंदुस्तान की ऐसी कई बातें हैं जो पूरी दुनिया को इसके प्रति आकर्षित करती है यहाँ हम उन्हीं कुछ बातों का जिक्र करने जा रहे हैं, जिनकी वजह से दुनिया के कई देश भारत के दीवाने होते जा रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है इसका कुल क्षेत्रफल तीन मिलियन वर्ग किलोमीटर है संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक देश में दुनिया के रहती है। भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले लोकतंत्र के रूप में प्रसिद्ध है साल 2019 के लोकतंत्र चुनाव में रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या लगभग लग 911 मिलियन के करीब थे भारत की जनगणना 2011 हजार की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 121 भाषाएं और 270 सौ सत्तर मातृभाषाएं है एक भाषाओं में से बाईस भाषाएं भारत की आधिकारिक भाषा है भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक बावन करोड़ लोगों के साथ देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है दूसरे शब्दों में कुल आबादी का तैतालीस प्रतिशत हिस्सा हिंदी बोलते हैं। इसके बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर बंगाली और मराठी शतरंज का अविष्कार माना जाता है कि शतरंज के खेल का आविष्कार भारत में किया गया था ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि छठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान शतरंज भारत में एक लोकप्रिय खेल हुआ करता था भारत से यह खेल फिर अरब और उसके बाद यूरोप के अलग अलग हिस्सों तक फैल गया योग की उत्पत्ति योग साधना का इतिहास पूर्व वेदिक काल का रहा ऐसा माना जाता है कि योग की उत्पत्ति 5000 साल पहले भारत में ही हुई थी वेदों और उपनिवेशों में भी योग का जिक्र मिलता है भगवान शिव को हिंदू लोक कथाओं में पहला योगी या आदि योगी माना गया है सबसे ज्यादा बाघ भारत के जंगलों में बाघों की संख्या लगभग 2967 है यह देश दुनिया की बाघों की आबादी का 70 प्रतिशत है और इनकी संख्या देश में तेजी से बढ़ भी रही है साल 2018 के बाघ जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 12 सालों में भारत में बाघों की संख्या दोगुनी से ज्यादा हुई है 2006 हजार में ये बाघों की संख्या चौदह के करीब थी चार धर्मों के जन्म भारत चार धर्मों हिंदू बौद्ध जैन और सिख धर्म की जन्मस्थली स्थली है इन धर्मों की उत्पत्ति भारत में हुई है इतना ही नहीं इन धर्मों का पालन अब दुनिया की लगभग 25 प्रतिशत आबादी भी करती है माना जाता है कि जैन धर्म की स्थापना छठवी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी जबकि बौद्ध धर्म की स्थापना पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी सिख धर्म का इतिहास 15वीं शताब्दी का है जब इसकी स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक भारत दुनिया के लगभग 70 प्रतिशत मसालो का उत्पादक है इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के मुताबिक भारत अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन आईएसओ द्वारा लिस्टेड एक सौ किस्मों में ऐसी लगभग पचहत्तर मसालों का प्रोडक्शन करता है इसके अलावा देश को मसालों के सबसे बड़े उपभोक्ता और निर्यातक के रूप में भी जाना जाता है यह अमेरिका थाईलैंड, वियतनाम और बांग्लादेश सहित कई देशों को मसालों को बेचता है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री भारत के फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां हर साल सबसे ज्यादा फिल्में बनती है फिल्मों को मामले में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है भारत हर साल हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में 1500 से 2000 फिल्में बनाता है मस्जिदों की सबसे ज्यादा संख्या भारत अकेला ऐसा गैर इस्लामिक मुल्क है जहां 3 लाख से ज्यादा सक्रिय मस्जिद है यह देश दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों का घर है कई इस्लामी देशों में भी भारत के तुलना में मस्जिदों की संख्या कम है आयुर्वेद की उत्पत्ति आयुर्वेद की उत्पत्ति भी भारत में हुई थी कहा जाता है कि वैदिक युग के दौरान भारत में आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई थी दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाना आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो सब्सक्राइब कर दो जय हिंद धन्यवाद